नमस्कार ओं मनुम मारुत तोल्यगम जितेन्द्रिय बुद्धिमताजान युथ मुख्यम श्री राम अधरण प्रपदे हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए मैं आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में 15 अक्टूबर का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है इस पर एक आज हम दृष्टि डालेंगे दर्शकों प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा को गोचर मान करके और लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया सारी गणनाएं लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके प्रभावी होंगी देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम तो के, नाम राशी प्रधान, तो जन्म राशि न चिंतित विवाहित सर्वंगल्योचर जन्म राशि तो तो की दृष्टि डाल लेते हैं पंचांगों से मिल करके बना होता है तिथि से यदि कोई भी अंग की आपूर्ति होती है या नहीं रहता तो पंचांग हमारा पूर्ण नहीं होता है तो दर्शकों विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर 1941 संबद्ध नामक सौ है सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर नौ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर पैंतीस मिनट पर दर्शकों कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी ये द्वितीय तिथि रहेगी अः बजकर पैंतालीस मिनट तक कि इसके उपरांत तृतीय तिथि लग जाएगी द्वितीय तिथि के बारे में दर्शकों हमने बताया था कि कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इनकी मनाही रहती है और जो तृतीया तिथि होती है तृतीया तिथि को परववर खाने की मनाही होती है परवर का सेवन आप नहीं कर सकते हैं दर्शकों आज क्योंकि मंगलवार दिन रहेगा और मंगलवार दिन का जो दिशा होता है ये उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल होता है तो यदि आपको आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ जाए तो गुड़ का सेवन कर लीजिएगा जल का सेवन करिएगा और पहले दक्षिण की ओर आप चार पक चलिएगा उसके बाद उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करिएगा योग रहेगा व्रज इसके उपरांत सिद्धि योग रहेगा नक्षत्र अश्वनी रहेगा इसके उपरांत भरणी नक्षत्र रहेगा करण रहेगा तैतिल इसके उपरांत घर और अंतिम करण जो रहेगा ये वरिज करण रहेगा दर्शकों चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये मेष राशि में चलायमान रहेंगे राहु काल की बात कर लेते हैं राहु काल दोपहर दो, दो बजकर तिरालीस मिनट से लेकर के शाम को चार बजकर नौ मिनट तक का रहेगा यदि आपको शुभ कार्यों को करना पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आज विजय मुहूर्त में एक बजकर छियालीस मिनट से लेकर के दोपहर दो, दो मिनट तक की आप शुभ कार्यो को कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह ग्यारह मिनट से बारह मिनट तक का तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग आगे बढ़े दर्शकों राशिफल पर आप लोगों को एक जानकारी देनी है कि देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर से जुपिटर का ट्रांसिट हो रहा है गुरु ग्रह अपने घर वापसी कर रहे हैं धनुराशि में प्रवेश कर रहे हैं तो काफी कुछ सकारात्मक रहने वाला है सभी राशियों के लिए क्या कुछ सकारात्मक रहेगा सब उपाय कौन कौन से हैं जुपिटर को लेकर के आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अभी मेष राशि का आज पड़ा है और एक दो दिन में सभी पूर्ण सारी राशियों का लगभग हम डाल देंगे बस आपको जाकर के देखना ही देखना है और जा करके देखिए उसमें जो हमने प्रयोग बताए हुए हैं उन प्रयोगों को आप करिए अन्य लोगों की भांति आप भी उन प्रयोगों से अपने जीवन को सुलभ कर सकते हैं और सफल कर सकते हैं तो दर्शकों आप लोग लाइव चूंकि ये हमारा सेशन चल रहा है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये बता करके अपनी कुंडली का पे एक प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं खैर मेष राशि के जातकों आप लोगों के लिए आज क्या कुछ जो है कुछ खास रहने वाला है तो आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं पिता के सहयोग से आज आपका कोई जरूरी काम पूरा हो जाए क्यूँकि आज, कार आज, आज, आज, का आज सामाजिक कार्यो में आपकी रुचि बढ़ेगी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी उपाय के तौर पर तो आज सुंदर कांड का और हनुमान चालीसा का पाठ करिए हनुमान जी को आज कोशिश कीजिए गुड़ और चने का भोग लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा वही वृषभ राशि के जात को आज का दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा माता पिता के साथ आज आपके संबंध बेहतर रहेंगे कोर्ट कचहरी के कि किसी मामले में फैसला रहेगा इससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा रुचि बढ़ेगी कोई सोचा हुआ काम आपका पूरा होगा मन मांगी मुराद आज आपकी पूरी होगी किसी करीबी को आज आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी और उनकी अपेक्षाओं पर भी आज आप खड़े हो जो है उतरते हुए नजर आएंगे बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर करके ये खास करके वृषभ राशि के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आज का दिन बेहतर रहेगा कोशिश कीजिएगा कि जरूरतमंदों को विकलांगों को आज आप लोग पका हुआ भोजन कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि देखिए फटाफट आप लोग लाइक कीजिए लाइक बहुत कम आ रहे हैं और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए जो व्यूज आने चाहिए सब्सक्राइबर के हिसाब से राशिफल पर वो नहीं आते हैं तो प्लीज आप लोग हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए अंत तक की देखा करिए और एक फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते जी बोलना हूं। हाँ जी डेट ऑफ बर्थ टाइम दो मई उन्नीस अरे उन्नीस के पहले किसी महीने में हुए होंगे किसी दिन हुए तारीख में हुए होंगे दो मई उन्नीस सौ दो मई उन्नीस सौ हाँ जी पाँच पद पर सुबह में जी समस्तीपुर अच्छा सब के में जाना हाँ जी मेडिकल से रिलेटेड कोई आप तैयारी कर रहे हैं क्या जी जी पढ़ाई का हाँ तो मेडिकल फील्ड में आपका जो है काफी अच्छा दबदबा रहेगा और काफी अच्छा नाम करेंगे अभी हमको जो है विदेश यात्राओं का देखिए योग है और विदेश में इस समय कोई आपको दिक्कत भी आ रही होगी तो कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या इस समय फॉरन से फॉरेन में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी अच्छा जी अच्छा। कोशिश अच्छा। कोशिश कीजिए कि की शुक्रवार को और सोमवार को शिवलिंग पर दही का अभिषेक कीजिए रुद्राष्टक का पाठ डेली पढ़ा करिए और उगते सूर्य को आप जो है नमस्कार करिए जी, जी और एडिकेटर, एडिकेटर में मतलब कंप्लीट हो ना हाँ हाँ कंप्लीट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी तो मिथुन राशि के जातकों आज पूरे दिन नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे खास करके यदि आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आज आपका दिन खास रहेगा आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में रहेगा जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्ते बेहतर होंगे आज आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने या कोई मूवी इत्यादि या कोई धार्मिक क्रियाकलापों में संलिप्त हो सकते हैं प्रतिभाग कर सकते हैं आज किसी कार्य में आपको अपनों की मदद मिलेगी जो लोग वकालत से जुड़े हुए पैसे में हैं जज हैं उनको किसी बड़े जीत की ओर आज ये इंडिकेशन कर रहा है संतान सुख की प्राप्ति होगी कोशिश कीजिएगा कि गाय को जब आप रोटी खिलाइएगा तो उसमें गुड़ और चना डाल करके खिलाईएगा जिससे आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रसिद्धि दिलाने वाला रहेगा परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा मंच कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जो कोई हमारे कर्क राशि के जात जो है साथी है, हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बना हुआ कोई प्रसाद चढ़ाइए और आज आप लोग हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए शुभ पलर आपके लिए रहेगा वायु शुभ अंक आपके लिए रहेगा छेद शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा सिंह राशि के जातको आज का दिन क्या कुछ रहेगा लेकिन दर्शकों देखिए फटाफट लाइक करते जाइए आप लोग इस वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाइए सिंह राशि के जातकों आज परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का आपको मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है खास करके जो कोई लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा पॉलिटिक्स क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज समाज में अच्छी और बेहतर छवि बनती हुई दिखाई पड़ेगी इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा पैसों से जुड़े कुछ काम आज आपके रुक सकते हैं आज आप दूसरों की समस्याओं से कुछ विचलित हो सकते हैं जो युवा जॉब की तलाश में है आज उनकी अच्छी जगह नौकरी लग सकती है कोई स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है आज आपके बिजनेस में तरक्की होगी उपाय के तौर पर करना क्या तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए आज वनुमान बाहुक का आपका बेहतर रहेगा रहेगा शुभ शुभ कलर आपके लिए ऑरेंज डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए चौबीस चौबीस सितम्बर हाँ जी चौबीस सितम्बर सेवन जी सुबह सात बजे दानापुर पटना सुबह सात बजे सुबह सात बजे दानापुर पटना हाँ जी इनके वैवाहिक जीवन में जी भी समस्या अभी लगने वाली है क्या अभी तुरंत मतलब दो हजार उन्नीस में शादी फिक्स हो जाएगी ने? अभी करना नहीं है देखिए बहुत मुश्किल लग रहा है इधर खास अच्छा। करके नवंबर तक तो हमको काफी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई पड़ रही है क्या करना पड़ेगा कोई हवन या ये सब से ठीक हो सकता है देखिए इनकी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा। फिर भी हम आपको एक रेमिडीज बताए दे रहे हैं। शुक्रवार वाले दिन एक सूखा नारियल लीजिए और शिवलिंग पर इनको चढ़ाना रहेगा आपको शादी करनी है नहीं, मेरे तो, तो जिसको शादी करनी है जिसको ये उपाय करना है जिसके जो है मतलब भाग्य आ रही है उपाय उसको करना पड़ेगा ना दवा उसको खानी होगी आप क्यों करेंगे तो आप इनसे करेंगे ठीक है जी है। तो कन्या राशि के जात को आज आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा खास करके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आज आप लोग अपने अनुभव का सही प्रयोग सही दिशा में करेंगे किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आज प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा अधिकारियों से आज खास मामलों पर बातचीत हो सकती है सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे आज आपके आत्मविश्वास आप में बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोगों को हनुमान जी को चमेली का तेल लीजिएगा पीला सिंदूर डालिएगा और उसका लेप करके हनुमान जी को आपको लगाना रहेगा हनुमान अष्टक का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वहीं तुला राशि के के जातकों आज साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी बरतने के सितारे सलाह दे रहे हैं नल लाभ के नए सोर्स नजर आ रहे हैं आज आपको परिवार के किसी जो है सदस्य से जो है कोई अपेक्षित काम कर जो है मतलब कराना पड़ सकता है किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी और आज भविष्य को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा आशंकित रहेंगे दिन भर के कामों में आज आलस से आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा आज फालतू का बाद विवाद भी, भी आपसे हो सकता है पड़ोसियों के साथ उनसे आपको बचना चाहिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ कीजिए और सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वायक शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण वृश्चिक राशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी आ, हाँ सर प्रणाम नमस्कार के लिए ये मेरी कुंडली के संदर्भ में बात करनी है तो इसमें इनका नब्बे जन्म है साढ़े पाँच बजे गांधीपुर सुबह साढ़े बजे बजे अभी, अभी आपने फोन किया था क्या अभी नहीं अच्छा ठीक है मेरा तो पहली बार Uh, इनको करियर से रिलेटेड कोई अभी बाधा आ रही होगी अच्छा हाँ। शादी के संदर्भ में बात उनकी शादी के संबंध में सप्तमेश इनके बनते हैं शुक्र जी के एक काम करिए हाँ। इनको आप एक ओपल पहनाइए और दूसरा कि राहु के मंत्रों का ये जाप करें। हाँ जी इनकी शादी हो जाएगी एक्चुअली में है क्या जो सप्तमे शुक्र बनते हैं उच्च के हो गए हैं लेकिन इनकी जो डिग्री है ये काफी कमजोर है बहुत ही कमजोर स्थिति है तो इनको प्लीज आप एक ओपेल पहनाइए इनके लिए सबसे ज्यादा योग कारक रहेगा ओपेल पहनने के बाद इनका विवाह जल्द से जल्द होगा तो मतलब कुछ ना कुछ संभावना देखिये दो हजार बीस में तो शादी इनकी होगी लेकिन जो है जनवरी के बाद से रिश्ते आएंगे जी गे, गे। तो वृश्चिक राशि के जातकों आज ऑफिस में में का आपको सहयोग मिलेगा आमदनी इजाफा होने के आसान नजर आ रहे हैं आज राजनीति से जुड़े लोगों के लिए विदेश जाने के चांस बन रहे हैं घर परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा आज आप लोगों का रुझान आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा रहेगा जीवन साथी के साथ आज आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं पैसों के मामले में आज का दिन काफी उन्नति कारक रहेगा धन के नए नए आयाम आज प्रशस्त होंगे उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को लाल वस्त्र का आप लोग दान कर सकते हैं दूसरा गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए और माता पिता के चरण छुइए आशीर्वाद लीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा देखिए दर्शको माता पिता के चरण हम किस लिए कहते हैं विद्वान और विद्यावान इन दोनों में अंतर है रावण विद्वान था लेकिन हनुमान जी विद्यावान थे वो आता विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर तो आप लोग विद्यावान बनिए वो ज्यादा ठीक रहेगा विद्वान बनने से अच्छा है शुरू कर देगी धनुराशि के जात को आज आप परिवार वालों के साथ काफी खुशी के पल बिताएंगे धनुराशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आज तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे आज कोई नई नौकरी कोई प्राइवेट जॉब आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी कार्य में जो चुनौतियों का सामना कर रहे थे वो दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपका जो है घर का माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे और आर्थिक मामलों में आज लाभ का दिन रहेगा सात मकर राशि पर आगे बढ़े उससे पहले देखिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं और हनुमान ये कमेंट हम स्टार्ट करते हैं लकी सिंह गुरु जी नमस्कार तो जी, आयुष्मान रहिए आपको बहुत ज्यादा मंजीत मंजीत और नमस्कार जीतू जी हैं हिमांशी सिंह जी हैं और शिवम जी हैं इसके बाद गरिमा राय जी हैं पूजा सिन्हा जी हैं विकास के जी हैं और अरुण पंडित जी हैं शुभम मिश्रा जी हैं रेणु कुमारी जी हैं मुनीश जी हैं बिमलेश पांडे जी हैं राजीव जी हैं और न्यू चौधरी ट्रेबल्स करके हैं उसके बाद जो है देखिए आप लोग चेक कर लीजिए पुराने वीडियो उसमें नंबर हमारे दिए हुए हैं तो सभी लोगों का स्वागत है अब बढ़ते हैं धनु के बाद हमारी जो अगली राशि आती आती है मकर राशि लेकिन देखते हैं अगर कोई फोन कॉल आती है तो एक फोन कॉल भी ले लेते हैं तो मकर राशि के जातको आज अचानक घर पर आपका कोई पुराना मित्र आ सकता है मकर राशि के स्टूडेंट है तो आज आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले जीवन साथी से सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप कहीं लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं कुछ मामलों में आज आप अपनी बातों पर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएंगे आज आपका मन पूजा पाठ और अध्यात्मता में अधिक लगेगा कोई नया दोस्त आज आपका बनेगा कठिन परिस्थितियों में आज आप जो है आप लोगों को कुछ लोगों की मदद प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ेगी गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए और हनुमान जी के दर्शन करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा कुंभ राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक अंतिम फोन कॉल लेते हैं हलोलो हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी खुश रहिए डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता दीजिए पच्चीस बारह उन्नीस सौ अस्सी जी छह सुबह सुबह शाम बजे जी पठानकोट बताइए हाँ जी वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आएगी जॉब के लिए पूछा था। अच्छा जॉब तो आपने स्विच की हुई है जॉब आप करती थी आपकी जॉब बीच में छूटी है फिर अब दूसरी जगह आप जाएंगे प्राइवेट है ना? जी सरकारी नहीं प्राइवेट है? प्राइवेट है। काफी कर रही मैं सरकारी के लिए पूछना जा सरकारी में तो काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है काफी तो मुश्किल है अभी एक कार्य ये करिएगा एक रू आप धारण कर लीजिए जितनी जल्दी कर सकती हैं महाड़ी के और राहु के मंत्रों का जाप करिए राहु स्त्रोत पढ़िए नित्य आपको लाभ मिलेगा घर घर में में थोड़ा मेरी मेरी पोजीशन में। आजी? में पोजीशन भी नहीं अच्छी है मतलब पोजीशन नहीं अच्छी है समझ नहीं पा रहे है अच्छा देखिए अभी तो कैरियर से रिलेटेड ही हमने आपको प्रश्नों का उत्तर दिया है बहुत ज्यादा विश्लेषण करवाना है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकती है तो कुंभ राशि के जात को आज कार्य क्षेत्र में आपको पुरानी पहचान का फायदा मिलेगा रुके हुए सारे काम इजिली आसानी से पूर्ण होंगे अगर आप अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से किसी भी काम को शुरू करेंगे तो उसमें आज आपको तरक्की शोर मिलेगी आज आपका मन आध्यात्मिक के प्रति अधिक रहेगा परिवार के साथ किसी धार्मिक किस स्थान पर दर्शन के लिए आज, आज आप जा सकते हैं ऑफिस में किसी काम को लेकर आज, आज आपकी तारीफ होगी खास करके विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा किसी काम में कोशिश करने से ही आज आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा कोशिश कीजिए सूर्य देव को आज अर्घ्य दीजिए आदित्योत का पाठ कीजिए सफलता आपके कदम चूमेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा अंतिम राशि पर पढ़ते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि लेकिन दर्शकों प्लीज आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए 18 और 19 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं दिल्ली से जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं गुरु का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए हुआ है उसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है मेष राशि का भी पड़ा है एक दो दिन में सभी राशियों का पड़ेगा सूर्य परिवर्तन का हमने वीडियो डाल दिया है जो राशि परिवर्तन हो रहा है क्योंकि सूर्य नीच के होने वाले हैं काफी कुछ निगेटिव भी रहेगा जो है कई राशियों के लिए तो आप लोग जा करके देख सकते हैं तो अंतिम राशि पर चलते मीन राशि के जातक को आज आपको हर किसी का सहयोग मिलेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं घर में खुशी का माहौल रहेगा संतान पक्ष से आज, आज आपको खुशी मिलेगी आज लोग आपकी बातों से प्रभावित रहेंगे जीवन साथी के साथ आज आज तालमेल बढ़िया रहेगा आज, आज आपको व्यापार में मुनाफा हो सकता है ऑफिस में किसी सहकर्मी से आज आपकी दोस्ती हो सकती है शाम को आज आप किसी खास मुद्दे पर किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ चर्चा कर सकते हैं पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी मन में जो जो है मतलब जो है मतलब चिंता रहेगी तो पिता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान देना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और उस प्रसाद को आप लोग वहीं पर मंदिर पर बांट दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा तो ये तो था दर्शकों हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और एक अंतिम कॉल आखिरी कॉल लिए ले रहे हैं इसके बाद हम जो है अपनी बारी को विराम देंगे हेलो हेलो हलो तो लगता है कि बात नहीं करनी है और दर्शकों दीजिए इजाज़त देखिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को जो है वीडियो चूंकि देख रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार हाथ जोड़ करके कर रहे हैं और प्लीज़ फ़टाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा देखिए इस वीडियो को तो दीजिए इजाज़त दिल्ली में मिलते हैं 18 और 19 तारीख को नमस्कार शुभ रात्रि